ने पंथ को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है उन्होंने पंथ के लिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो फ्लाइंग देते हुए नजर आ रही है इस वीडियो में उर्वशी रे ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है शुरू में उन्हें क्यूट से एक्सप्लेन दे रही है और फिर फ्लाइंग किस देती हुई दिखाई दे रही है इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने सिर्फ हैपी बर्थडे लिखा है यहाँ उन्होंने किसी का नाम मैंशन नहीं किया हालांकि जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों से उरोसी और पंत के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी सामने आई है उसे देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि उरोसी की यह बर्थडे विश ऋषभ पंत के लिए ही है दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें